Let's go. मोखा फांसी लगा के मरने राजा राखे सोतनिया लेकिन जब हमारा ब्याहते पूरी तो बातें खुल गई थी भैया अरेखे सोतनिया रे हम तो राखें सोतनिया तो खां तो खा ए तो खा, तो खा, तो खा मोटलू तू तो खज करने सो कर हम तो राखे सो हम पहले भी बता चुके अरे के हमने तुमसे पहले कई से चलत हमारी। तुमने अपने बाप जो करो तो बाप को ब्याह नहीं हो तुम भाव अपनी चर्चा हो दिखाया हमने तुमसे पहले कई चलत हमारी ये सब गवाही है अबे भी, आगे भी।, आगे भी।, आगे भी। हाँ कैसे तुमने हमसे कई में कछु बुराई। खोल के बात हो जाए तो दो लोग का चार रात चाल कोई दिक्कत है बात खोल खुल तुमने हमसे कई ती में नैया ना कछु बुराई तो अब का लुकुर कर रही हो के अब काय लोकर लोकर कर रही हो जाके बच्चा जल्दी कहो तो टेम टेम नहीं है। है मन से करे ना ना लड़ाई जो बताओ जब तुम तुम घंटा कचर कचर कचर कचर दो दो तो लगा? साजिया ले बत्ती तुम्हारे किस किस में में में साथ, किसने साथ। गये हम नकली नकली नकली तो तो हो अबे जो, जो जो जो जो दादा जोन है जो भी गीलो लत्ता फिर ने ने का अपने की तुम करा देते आए नरमन बच्चा रहा है बोलो मन से से बात बात करे ना लड़ाई करवे हमें पूरी, पूरी सुनने जल्दी कहो मोरे के बुराई करवे नहीं हमें रात फांसी लगा के तुम सही तो जेल हो जाए हम इस बता दे के जेल हो पाए बस बोलो चलो